हाय दिस ज महेंद पांडे योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल के सी आई स्पेशलिस्ट दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना कॉलेज ऑफ आई जिसके द्वारा ये यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट चलाया जा रहा है जो की आपको कंप्यूटर के फ्री कोर्सेस प्रोवाइड करता है और स्टेप बाई स्टेप आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी फ्री कॉस्ट के हर वो बंदा इससे कोर्स कर सकता है क्लासेस कर सकता है इसी तरीके से कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको कई प्रकार से कंप्यूटर कोर्सेस कराने के माध्यम का यूज करती है चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो लाइव क्लासेस हो ऑफलाइन क्लासेस हो तो कीर्ति कंप्यूटर आपको हर वो कोर्सेस भी प्रोवाइड करती है चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हो डिप्लोमा हो डिग्रीज हो तो कीर्ति कंप्यूटर से जुड़े और अपने लाइफ को सिक्योर करें और आज मैं जो आप लोगों को न्यूज बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए वीडियो को आप स्किप किए बिना वीडियो को कंप्लीट आप देखें आप देखेंगे कि यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट लेकर आया बिकॉज कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द कॉलेज ऑफ आई जिसने दो में अपनी जर्नी एक कंप्यूटर से स्टार्ट की थी और आज इसके पास हजारों कंप्यूटर है और इसकी कई सारी संस्थाएं चल रही है इसका जो हेड ऑफिस है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है और इसकी रीजनल ऑफिस लखनऊ है जिसे आप रीजनल ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस कह सकते हैं तो आप चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट से है जहाँ से इंडिया के भी किसी कोने से आप हैं, और आप अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कीर्ति कंप्यूटर के साथ जुड़ करके एक इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, चाहे आप एंगर्स हैं चाहे आप इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, जो कि किसी जॉब से रिटायर्ड है और आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं यदि आप कंप्यूटर सेक्टर में अपना भविष्य क्योर करना चाहते हैं तो कीर्ति कंप्यूटर उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर के आई है कीर्ति कंप्यूटर से जुड़ करके आप बहुत ही कम पैसे में व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मीन्स आप एक इंस्टीट्यूशन के मालिक हो सकते है इस तरह से आप कई सारे इंस्टीट्यूट के मालिक हो सकते हैं ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से आप एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट को भी रन कर सकते हैं के साथ जुड़ करके। तो और उनका इंस्टीट्यूट अच्छे से रन नहीं कर रहा है तो एक ब्रांड के साथ जुड़ने के नाते आपका इंस्टीट्यूट काफी रन करेगा आपका इंस्टीट्यूट काफी प्रोग्रेस में जाएगा बिकॉज कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पास वो सारे रजिस्ट्रेशन वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो किसी भी सेक्टर में मान्य होगा चाहे वो इंडिया हो या आउट ऑफ कंट्री हो कहीं भी आप ना सर्टिफिकेट लेकर जाएं उसको कोई नकार नहीं सकता बिकॉज कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूपी गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट आईसो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क यूएससी रजिस्टर्ड सारी चीजें इसके पास अवेलेबल है जिसके द्वारा आप इस संस्था से जुड़ करके अपने बच्चों को एक लीगल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं सुनहरा अवसर अपने हाथ से आप जाने ना दें दे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर लेकर के आई है चाहे आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को एक ग्रामीण सेक्टर में खोलना चाहते हैं एक शहरी जगह पर खोलना चाहते हैं वो हर प्रकार के चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड डिजाइनिंग से रिलेटेड एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स आप कराना चाहते हैं कोई भी डिग्री प्रोवाइड कराना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है तो कीर्ति कंप्यूटर आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर के आई है तो इस वीडियो को आप इग्नोर ना करें इसमें दिए गए कॉन्टेक्ट लिस्ट में, लिस में जाए और तुरंत कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द कॉलेज ऑफ आई में संपर्क करें और एक अपना बिजनेस स्टार्ट करें जिससे आपको जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं होगी आप जॉब देने वाले बन जाएंगे तो इग्नोर ना करें कृति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े और अपने लाइफ को सिक्योर करें और आप एक बिजनेसमैन आज के लिए बस इतना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास तथा तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें बिकॉज इस चैनल पर आपको कंप्यूटर के फ्री कोर्सेज मिलते हैं तथा तो कंप्यूटर में ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसी सूचना ऐसे इवेंट्स की सूचना आपको मिलती रहती है तो चैनल को आप इग्नोर ना करें चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ तब तक ले थैंक यू जय हिंद